नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारी इस वीडियो में मैं आपका दोस्त जसपाल आज आपके लिए एल पैनल के बहुत ही सुंदर डिजाइन की वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों इसमें हमारे जो डिजाइन है वो बिल्कुल न्यू डिजाइन दिखाए गए हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली

न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यवाद